क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि दुनिया की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी और उसे कैसे बनाया गया था वेल, well, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं दू की नॉर्थ इंग्लैंड में रहने वाले एक फ्रेंच इन्वेंटर लुइस प्रिंस कि चलो कुछ बनाया जाए जिसे दुनिया बार बार देखना चाहे और जब लुइस प्रिंस एक दिन अपने परिवार वालों के साथ गार्डन में घूम रहे थे और तभी पहली बार उस समय के कैमरे ऐसी शूट किया उसके बाद फोर्टीन अक्टूबर एटीन को पूरी फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज कर दिया अब इस को देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई और फिल्म का नाम था राउदी गार्डन सिंह ये आप जान के चौक जाएंगे कि फिल्म की लंबाई सिर्फ 2.11 पॉइंट सेकेंड की थी जिसे जान के मेरे तो होश ही उड़ गए वैसे इस फिल्म को दुनिया की पहली शॉर्ट फिल्म भी कहा जाता है और ये साइलेंट फिल्म थी यानी पूरी तरह ऐसी म्यूट थी एक भी वर्ड नहीं थे इस फिल्म में